Arranged by King Studio, Nanga, Proprietor Dilpesh Nanga. Yeah, Desi the Beats Music by Jagmi Recording Studio, Titali Toll Plaza. गिरमी मै गेर, गेर माँ को दिल गौले दवाड़ी को दिल गौले दवाड़ी को हे हे हे मा सुमसी तुछ तो मिया को छोरा तोरी तू नो तोर छोरी तू ले री गाल के कुम गा तो दोन में कुम सी में सोबाड़ी दल गो किया तबड़ो तो सो सोरी गो कििया कुल कुल रोजना सुंदर बहतीन प्रोग्राम हमारे चैनल और मनस्वी की और स्टूडियो किंग स्टूडियो के द्वारा पेश किया जा रहा है जिसके गायक सुखलाल मटवास इसमें विशेष सहयोग दिया है महेंद्र भाखुआ दिलकुश नागल पायलेट टिटोली और अभिषेक निचुना ए दिल का कम मेरा बैठी बैठे कड क्यों सतावड़ा माया कड क्यों सतावड़ा माया गिरणी के माया दिल का मेरा तेरे लिया जख दुपेरी में दिल कुछ नांग आय मिल आय मिलत की बात बे तेरे जख थोड़ी मेरी बैठ जा बाप पाइलेट शादी में उन डोले धीरे धीरे कितना प्यारो बोली तो पाइल मैं उठता मनम मैं आजात मनम उठताएं आज